नमस्कार करीब 10 बज चुकी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के रेलवे स्टेशन से जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी पुलिस बल की यहां पर मौजूदगी है आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किसान नेता जो कहीं ना कहीं आह्वान करते हुए जरूर नजर आए कि 18 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा और ये देखिए किस प्रकार से काफ़ी किसानों की यहाँ पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है जितने भी विवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा किसानों ने चक्का जाम कर दिया है जी किसानों ने चक्का जाम कर दिया है तो इस वीडियो को देखने वाले ताकि पहुंचाई तक तक तक तो जा सके आपको जानकारी की चार बजे जी हाँ चार बजे चक्का खोल दिया जाएगा चार बजे के बाद जो ट्रेन है वो आ जा सकती है फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में भारी संख्या में किसानों की यहाँ पर करनाल रेलवे स्टेशन पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करते रहें, ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके और वहीं दूसरी ओर काफी किसान जुड़े हैं बात करना चाहेंगे पाजी क्या कुछ कहना चाहेंगे देखिए जो तीन अक्टूबर को लखीमपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर एक केंद्रीय मंत्री है भाजपा का आशीष मिश्रा शांतिपूर्ण किसान विरोध कर रहे थे करके अपने घर जा रहे थे उसके बेटे ने पीछे से गाड़ी आ चला दी उनके ऊपर चढ़ा दी उसमें चार किसान शहीद हुए एक पत्रकार भी शहीद होया अभी तक उसने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके विरोध में लेकर पूरे भारतवर्ष तो में आज रेल रोक का भी आना जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा उसी की एक कड़ी करनाल जिला आज करनाल रेलवे स्टेशन पर 10 बज चुके हैं और अभी अपने मैट बिछा देंगे और ये 4 बजे तक रेल रोकने का प्रोग्राम रहेगा तो नहीं अभी कोई गाड़ी नहीं रोकी दस बजने में अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ बच है छह मिनट रह रहे छह मिनट रह रहे हम पूरे दस बजे अपने मेट बिछा देंगे दस बजे के बाद कोई भी गाड़ी हम यहाँ ऐसी जाने नहीं देंगे हमारी सवारी गाड़ी भी रोकी गयी अभी नहीं अभी कोई दस मैं बता रहा हूं आपको दस बजे से पहले हम किसी को नहीं रोकेंगे और दस बजने के बाद हम किसी को जाने नहीं देंगे देखिए दोस्तों छह मिनट पड़े हैं दस बजने को और किस प्रकार से पार्टी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस रेल रोको अभियान को जितना कि आप जी नस महीने तो किसानी आंदोलन चल रहा है बीते दिन ही थोड़े दिन पहला ही राज्य केंद्रीय गृहमंत्री के बेटे ने जो किसानों दुरदशा की किसानों की द ग् थले दरड़ के जो शहादत शहीद किए किसानों वो इंसाफ लिए असी मंग कर रहे थे लेकिन सरकार कोई भी एक्शन नहीं लै रही अं अस्तीफा चाहते हैं कि पेल उन्होंने अस्तीफा दे राज्य गृहमंत्री उस तो बाद बेटे दो साल जो तीन सौ दो धारा लगी है जेल च सटिया जाए तो उड़ी कार्रवाई हो इंसाफ मिल सके इस लैके दस बजे लार बजे तक किसानों ने तो आपको लगता है कि ये असर कही न कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा हाँ जी हाँ जरूर तो देखने को मिलेगा क्योंकि ये गशिश करते हैं लेकिन एप्लीकेशन दी हुई है लेकिन हजे भी प्रशासन की कोई भी कारवाई नहीं हुई है आपका यह अभियान अज तो हूं तो लैके सवेरे दस बजे शाम चार बजे तक है बाकी कोई शांतिपूर्वक रहेगा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, है, है साडा क्योंकि भाईचारा एकता बनी हुई है तो एक जिन्हें भी इतने अपने यात्री रुक सारे थी लंगर की सुविधा अं अपने को कर रहे हैं गुरुद्वारा साहब तो या मंदिर मस्जिद जितों भी हो अ खुद कर रहे कि कहीं यात्री भी होते हैं जब इस प्रकार के प्रोटैस होते हैं एक्चुअली हाँ परेशान से परेशानी तो हैगी लड़ भी तो अक् वास्ते ही रहे जागरूक कर रहे हैं कि आखो जी चीज हम भी रुपए किलो मिलती है जे कानून पास हो गया तो सर सत्तर रुपए किलो मिलेगी तो उन्होंने जागरूकता करके शांतिपुर प्रोटेस्ट चलाया अ मार काट या किसी देश दो थोड़ी ना कर रहे हैं वो भी साढ़े ही ने लेकिन संघर्ष तो करने पड़न जे कले कानून आ गए तो सा जमीन भी खुझ जा हूँ तुम वेखते हो सरसों काल की रेट चलता पे है ठीक है पेट्रोल कितने पहुँच गया एक सौ छे रुपये पहुंच चुका है मेरे ख्याल से पेट्रोल जोड़ा है है ना तो एक बंदा की करेगा कितों कमाएगा टैक्स अं भरने रोड टैक्स अं दे हाउस टैक्स अं दे बिल अं देने कि भारत के बैठे हाँ आजाद भारत के अगर किसान इस तरह गुलाम रहने तो तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अपनी बात जरूर सामने रखिए और ये देखिए एक और यहाँ पर सवारी जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंची है और 10 बच चुकी है तीन मिनट रह चुके हैं दस बजने को फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानी झंडा हाथ में लिए रेलवे स्टेशन पर काफ़ी किसानों की यहाँ पर फिलहाल मौजूदगी भी देखी जा रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल भी यहाँ पर पहुँचा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो या आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे भारत में जी हाँ पूरे भारत में आज रेल रोको को लेकर जो है जो किसान हैं वो हर रेलवे स्टेशन पर तरीके से उनकी मौजूदगी जरूर देखी जा रही है तो जितने भी लोग हमारी इस अवश्य कर दीजिएगा सवारी गाड़ी, कि गाड़ी है वो यहां पर पहुंची है आप देख सकते हैं दिल्ली से पठानकोट के लिए जी हाँ दिल्ली से पठानकोट के लिए जो सवारी गाड़ी है वो यहां पर पहुंची है अब यह बात देखने वाली होगी कि इस गाड़ी को रवाना किया जाएगा या फिर इस गाड़ी को यहाँ पर रोक लिया जाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 10 बजने में कुछ एक मिनट जरूर है क्या कुछ कहना चाहेंगे सवारियों को काफी दिक्कत हो भाई सवारियों की अलग समस्या इन किसानों को भी तो दिक्कत हो रही है जो पिछले एक साल से धरने सतलों पर पड़े हैं अपना घर बार छोटे सड़कों पर बैठे हैं तो एक दिन क्या हमारे दूसरे सहयोगी भाई हमारे सहयोग नहीं कर सकते जिससे ये गूँगी बैरी सरकार तक आवाज आए हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है हमारा सिर्फ लोगों का सहयोग लेने का मतलब है कि गूंगी बैरी सरकार को जगाने का मकसद बिल्कुल आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही हैं और इसी बीच में जीआरपी से जो थाना इंचार्ज है उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे आप ये देख सकते हैं कश्मीर सिंह जी क्या कुछ कहना चाहेंगे बंदोबस्त कितने हैं पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंजाम किए गए आर एफ की तीन कंपनी लगाई गई तथा लोकल हमारी पुलिस भी यहाँ पर तैनात आप देख ही रहे हैं बाकी अभी तक कुछ किसान है दस बीस आपके सामने ही आए हैं तो शांतिपूर्वक अभी चल रहा है सारा तो ऐसा अपील करेंगे किसान किसान प्रधान की तरफ से पुख्ता इंतजाम है जी जी जी जी, जी। आ, और अगर कोई गाड़ी रोकी जाती तो रेल यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा तो लगता है कोई सवारी गाड़ी यहां पर पहुँचेगी आप भी गाड़ी खड़ी आपके सामने वो चल रही है देखते हैं जैसे भी गाड़ी अगर रुकती है तो उस हिसाब से आगामी कार्रवाई में लाई जाए टी आर थाना इंचार्ज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही हैं और यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस प्रकार से जो किसान है जो किसान है वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और दस बज चुकी है और अब से रेल रोको जी हाँ चक्का जाम चक्का जाम जरूर किया जाएगा तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा फिलहाल जो सवारी गाड़ी है वो यहाँ से जाती हुई जरूर नजर आ रही है जी हाँ सवारी गाड़ी दिल्ली से पठानकोट के लिए दिल्ली से पठानकोट के लिए जो सवारी गाड़ी यहाँ पर देखी गई फिलहाल वो यहाँ से जा चुकी है अब देखने वाली बात ये होती है क्या जो सवारी गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँचती है या नहीं पहुँचती है ये बात जरूर देखने वाली होगी क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब इस प्रकार की टेस्ट देखने को मिलते हैं फिलहाल ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के रेलवे स्टेशन की जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो किसान हैं जी हां लगातार जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा बल यहाँ पर देखा जा रहा है काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है करनाल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी बीच में एसएचओ हैं है, रामनगर से सतपाल जी इनसे हम बात करना चाहेंगे सतपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से आ, क्या मतलब आपका एरिया है इस विषय में आप जानकारी सुरक्षा शु, शु, के पूरे प्रबंध पूरी फोर्स का इंजाम है और कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल दुरुस्त ड्यूटी करेंगे और दो ऐसी कोई अभी कोई भी चुनौती सामने नहीं आई है थोड़े से किसान आए ठीक अपना प्रदर्शन करके चले जाएंगे प्रदर्शन करके चले जाएंगे इंतजाम तो बिल्कुल पूरा इंतजाम आप देख रहे हो पूरी है पूरा इंतजाम तो तो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम जरूर देखे जा रहे हैं तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी बीच में डी साहब हैं जयसिंह जी जयसिंह जी क्या कुछ कहना चाहेंगे पुख्ता इंतजाम है प्रशासन की तरफ देखिए आज जो एक आह्वान है किसानों का कि भाई उन्होंने आ, रेल रोकने के लिए एक आह्वान किया है तो इस विषय में यहाँ पर तीन कंपनीज लगी हैं और सफिशियंट मात्रा में यहाँ फोर्स लगी हुई है ताकि किसी किसी भी ए की घटना को रोका जा सके तो रास्ते ही पुलिस का यहाँ पर पहरा देखा गया हाँ यहाँ यहाँ पर हाँ सुरक्षा को देखते हुए कल शाम से यहाँ पर फोर्सेस को लगाया लगा गया था जो अब फोर्स जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तयप्रिय घटना को नहीं होने दिया जाएगा। गया चार बढ़ा सकते हैं आप प्रशासनिक ये ये इस बारे में जो हालात है उसका अकॉर्डिंग जो है ये एक्शन लिया जाए पैरामिलिट्री फोर्सेज है यहाँ पे और पुलिस भी है जी भी है आर एफ भी देखिए यहाँ पर करीब करीब लगेगी बिल्कुल उनका तो आप ये देख सकते हैं डीएसपी जयसिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल की यहाँ पर फिलहाल मौजूदगी जरूर देखी जा रही है तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज़्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा आप ये देख सकते हैं डीएसपी जगदीप सिंह जो है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के रेलवे स्टेशन की अपडेट आपको देते रहेंगे